जब सत्ता के नशे में चूर शिक्षा मंत्री ही शराब पीने की शिक्षा देने लगे तो प्रदेश का भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है ऐसा ही कुछ सुर्खियां बटोर रहे हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह काम। प्रदेश का भविष्य ऐसे मंत्री के हाथ में है जो नशा मुक्त कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचते हैं तो शराब के फायदे गिनाने लगते हैं शराब पीने के तरीके बताने लगते हैं जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री शराब पीने की शिक्षा देंगे तो प्रदेश की शिक्षा का स्तर क्या होगा इसका अंदाजा लगाना ज्यादा कठिन नहीं होगा अब ये समझ से परे है कि मंत्री जी कार्यक्रम में नशा मुक्ति को लेकर शामिल होने गए थे या फिर कार्यक्रम को नशा युक्त करने गए थे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम नशा मुक्ति के कार्यक्रम में पहुंचे और शराब पीने का तरीका और फायदे गिनाकर कार्यक्रम को नशायुक्त बना डाला अब इसी बात को लेकर प्रेमसाय सिंह टेकाम सोशल मीडिया में तुर्खियां बटोर रहे हैं तुर्खियां तो बटोर रहे हैं लेकिन यह प्रदेश के लिए शर्म की बात है शिक्षा मंत्री शराब के फायदे और पीने के तरीके बता रहे हैं विडम्बना देखिए कि मंत्री के बयान पर वहां मौजूद अफसर और आम जनता भी मुस्कुरा रही थी हद तो तब हो गई जब मंत्री टेकाम यहां तक बताने लगे कि शराब में पानी कितना मिलाया जाए। उन्होंने कहा शराब में मात्रा के अनुसार पानी मिलाकर पीने से वह एक निदान का काम करता है। काम ने अपने सपोर्ट में हरिवंश राय बच्चन की लिखी कविता का भी सहारा लिया टेकाम बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पिछले कुछ दिनों से पुलिस विभाग के नशा मुक्ति अभियान में शामिल होने पहुंचे थे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था प्रेम स्थानीय विधायक भी हैं नशा मुक्ति के अभियान को मंत्री ने अपने भाषण से नशा युक्त बना डाला उन्होंने शराब का ये ज्ञान अपने प्रदेश तक सीमित नहीं रखा है ये ज्ञान वे मुंबई में भी बांट चुके हैं ये मंदिर बस झगड़ा कराते लेकिन एक कराती है लेकिन सब नियंत्रण नियंत्रण आपके पीछे होना चाहिए कैसे में थे, एक में हो, उसमें हो सकता है वो दारू के पक्ष में बोलने रहते दारू के विपक्ष में बोल रहे हानि हो सकती है क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता है एक पक्ष बोल दारू के क्या क्या फायदे हो सकते हैं दारू के सबको एक कर देता है चुनाव चुनाव का भी वो भी उपयोग करते हैं बाकी लोग हैं कि दारू में मतलब अगर मिलाएंगे पानी तो डायलोशन होना चाहिए कितना डायलोशन हो जितना डायलोशन उसमें हो सकता है डायलोशन उसके बाद उसका ड्यूरेशन होना चाहिए देखिए मानो खटखट मारा खत्म हो गया दारू को वही सड़क को लेकर उनके अपने ज्ञान भरे तर्क है एकाम का कहना है कि जहां खराब सड़कें होती हैं हमें फोन आते हैं कि ठीक करवाइये लेकिन वहां खराब सड़कों में एक्सीडेंट कम होते हैं जहाँ अच्छी सड़क होती है वहां मौत होती है एक्सीडेंट होते हैं ये ज्ञान भरी और जानकारी से युक्त बातें मंत्री त्रिकाम ने दी ऐसे में तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सड़कों पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मोदी सरकार व्यर्थ में ही सड़कों के निर्माण में पैसा खर्च कर रही है जल्दी बन जाए लेकिन ये भी कारण है कि जहाँ खराब जहाँ खराब सड़कें होती हैं हमें फोन आता है लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंट कम होते हैं वहाँ पे लोगों की मौतें कम होती, है। मौते कम होती है। What starts here changes changes the the the the the the the the the the world, world world world, world. of opportunities, the world of opportunities, inspirations. We are Group, Group, where every beginning changes the world, providing best best best results, highest packages, and delivering the best manpower to to biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be मौतेंटीजनिंग सेवन डबल फोर जीरो